10 ंग साइकोलॉजी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन जब कोई लड़का या लड़की प्यार में धोखा खाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा गलत संगत की ओर प्रभावित होता है फैक्ट नंबर टू हम सपने में उन लोगों को ही देखते हैं, जिनके बातें और व्यवहार प्रेम होता है नंबर लड़का और लड़की के अंदर हमेशा लड़का कम इमोशनल होते हैं। नंबर प्यार में ज्यादातर समय लोग सही और गलत का मतभेद नहीं कर पाते इसलिए ज्यादातर लोग अंध में धोखा खाते हैं चेक नंबर फाइव हम पूरा दिन जितनी भी लड़कियों से फ्लर्ट करें पर हम जिस लड़की से सच्ची प्यार करते हैं वो रात को सोने से पहले हमें याद आएगा लास्ट फाइव चैक पे जाने से पहले चैनल पे नहीं होती और सेक नंबर सिक्स हम अपने कच से सिर्फ तीन महीने तक ही अट्रैक्ट होते हैं अगर वो हमारे दिमाग में तीन महीने से ज़्यादा है तो वो हमारा क्रश नहीं प्यार है सेक्ट नंबर सेवन ज़्यादातर लड़के अपने प्यार का इजहार पहले करते हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने में असमर्थ रहते हैं सेक्ट नंबर एट प्यार में पढ़ने वाला लोग हमेशा आलसी और इमोशनल होते हैं फैक्ट नंबर सबसे प्यार में ज्यादा ऐसी ज्यादातर लड़कियाँ दुखी होते हैं फैक्ट नंबर टेन अट्रैक्शन वाला प्यार सिर्फ दो या तीन महीने से महीने ही दिखता है।